है गई इस तो वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और कुछ माहौल तो आज ठंडा है आप मेरे पीछे विंडो से देख सकते हैं तो आज का माहौल बहुत ही अच्छा है तो कुछ दिनों से मौसम ऐसा ही बना हुआ है तो आज का बाजारने का प्लान था पर आज कैसे कर दिए गए कल देखेंगे तो मैं खेत जाना चाहता था, था पर आज खेल नहीं जाऊँगा तो हम वीडियो एडिट करना अभी से शुरू करने तो यहाँ पर आज कूलर है जो कि लाइट चली गई और कूलर चला नहीं सकते हम और टीवी भी नहीं चला सकते और अभी हम घर बैठे हैं तो गैस बार का मौसम आपको दिखा देता हूँ मैं कुछ तो बार का मौसम बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर मौसम आप देख सकते हैं और नीचे बारिश भी हुई है यहाँ पर तो बारिश भी आपको दिखा दूंगा और अभी ठंड है तो मैं